कभी भी ये सोच के एग्जाम का अटैम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्जाम कैसा है आपको मैं चीज़ बता रही हूँ हम अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं दो घंटा वहाँ पे दिल्ली में कोई बैठ के ना लक्ष्मीकांत निपटा रहा है ये चीज़ की आप रियलाइजेशन हमेशा रखो वो एक फियर दिमाग में रख दो कि वहाँ पर कोई है जो पढ़ाई कर रहा है यहाँ पर अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो और आपका जो नेक्स्ट अटैम्प्ट होगा वो आपका बेस्ट अटैम्प्ट होना चाहिए